नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं राजनीति और मैं हूं शिवम एक बड़ी पुरानी पिक्चर का बेहद ही फेमस डायलॉग आज मुझे याद आ रहा है जिसके अपने घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाते आप पूछेंगे या जानना चाहेंगे आज मैं ये डायलॉगबाजी क्यों कर रहा हूं अजी मामला ही ऐसा है तो क्या करें जो बीजेपी कल तक करौली मामले को लेकर कांग्रेस की बखिया उधेड़ रही थी और उसे सनातन हिंदू विरोधी बता रही थी अब उसके अपने ही रामराज्य उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला हो गया है कि उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश से यूं तो दिल दहला देने वाली ख़बरें रोज आती हैं लेकिन वो तो शुक्र हो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे का जो लोगों के मुँह पर टेक का, का काम करता है अब ये हालिया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से जहां कुछ भू मुआफियाओं ने राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास जी को गोली मार दी महंत की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत लखनऊ के केजीएमयू रेफर करना पड़ गया पूरा मामला गोंडा की आ, मनोरमा नदी के किनारे मौजूद सौ बीघा जमीन का बताया जा रहा है जिन पर आ, जिस पर इन दबंगों की नज़र काफ़ी लंबे समय से थी अब इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं जो आए दिन हर जगह खड़े होते रहते हैं लेकिन बेचारी कांग्रेस इस गोलीकांड को हिंदू विरोधी भी नहीं कह सकती क्योंकि ये सारी घटना भगवा ध्वजधारियों के शासनकाल में हुई है और वैसे भी बीजेपी का हिंदू धर्म और हिंदू समाज पर पुराना कॉपीराइट है जिसका हालिया नवीनीकरण उन्होंने धारा तीन और राम लला का शिलान्यास के करवाया है रहा सवाल दोषियों की धरपकड़ का तो साहब उसकी चिंता आप क्या करते हैं? पुलिस ने कह दिया है कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी वैसे भी इस विषय पे आप ज्यादा परेशान ना हो एक दूसरे गोलीकांड के बाद हम इसे भूल ही जाएंगे अब एक अंत में आपको बेहद ही खास तथ्य बताता हूं मेरा एक जानने वाला मित्र है कलुआ तो उसने अपनी एक पुश्तैनी ज़मीन जो उसके बाप ने दशकों पहले ख़रीदी थी और शायद उनके बाबा ने उनसे पहले खरीदी हो खरीदी हो उसको बेच दिया और एक नई एस कार खरीद ली और अब कलुआ पूरे गांव में घूम घूम के कहता है कि जो मेरे बाप ने सत्तर साल में नहीं किया वो मैंने कर दिखाया बाकी आप सबसे समझदारी की उम्मीद तो की ही जा सकती है वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर आप कर सकते हैं वैसे भी आपने तो मज़ा ले ही लिया है धन्यवाद